हेलो दोस्तों मैं हूं दीपक मीणा और आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं और दोस्तों जो कल की डेट निकली है आठ एक दो हजार बाईस तो दोस्तों मैं उस डेट को वीडियो नहीं डाल सका क्यों नहीं डाल सका क्योंकि हमारे गांव में बहुत तेज बारिश हुई थी तो दोस्तों आई हम सॉरी आगे से ऐसी गलती नहीं होगी तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं क्यूँकी कल क्या क्या हुआ तो दोस्तों चलते है आगे तो दोस्तों बारिश के साथ साथ कुछ टुकड़े बर्फ के भी गिरे और इसीलिए मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया और दोस्तों इसलिए मैं कल वीडियो नहीं डाल सका तो दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू करते है चलते है आगे तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो में तो बता ही दिया कि मेरे साथ कल ऐसा हुआ इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल सका तो दोस्तों आज की वीडियो में कुछ मेहनत करते है और इसी वीडियो को कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं चलते आगे और दोस्तों आप सभी के लिए एक सरप्राइज भी है जो मैं आप सभी को बहुत जल्द दूंगा तो दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू करते चलते आगे Everything that we have a future that we will see I'll be here for you today हेलो दोस्तों आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अपना भाई ऐसा कौन सा सरप्राइज देगा तो दोस्तों ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है क्योंकि मेरी YouTube आई पे आपको सरप्राइज मिल जाएगा तो दोस्तों बहुत ही जल्द मिल जाएगा तो दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में